आपने टीवी पर कोलगेट का ऐड तो देखा ही होगा लेकिन क्या आपको पता है कॉलगेट का ऐड पूरी दुनिया में कोलगेट नाम से चलाया जाता है लेकिन स्पेन इस में इसका ऐड नहीं चलाया जाता है क्योंकि स्पेनिश भाषा में कोलगेट का मतलब वो हैंग योर होता है जिसका मतलब जाओ खुद को फांसी लगा लो होता है और ऐसी चीज को कोई भी टीवी में नहीं बताना चाहेगा इसलिए स्पेन में कोलगेट का विज्ञापन कोलगेट के नाम से नहीं चलाया जाता है आपको यह फैक्ट कैसा लगा कमेंट में बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें